फिर किसी वक्त पर फिर किसी चाह में यकीन है मुझे हमारी मुलाकात होगी ना कोई शिकवा ना शिकायत हालात होगी वो मुलाकात फिर अदब के साथ होगी ना होगा गम टूटी उम्मीदों का न किस्मत उदास होगी उस मुलाकात में रूह तक आबाद होगी मैं भी तुम्हें समझूँगा वफा मेरे भी साथ होगी फिर दरमिया हमारे न कोई इक्तलाफ होगी मिलेगी जिंदगी तो मेरी हमराज होगी जब कभी ऐसी हमारी मुलाकात होगी जब कभी ऐसी हमारी मुलाकात होगी